आज शिक्षक दिवस है लेकिन विडंबना ये है कि शिक्षक दिवस के दिन भी शिक्षकों को आंदोलन करना पड़ रहा है भोपाल में शिक्षक नियमितीकरण की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं और सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रहे हैं नियमितीकरण की मांग को लेकर शिक्षक दिवस के दिन अतिथि विद्वानों ने अपना आंदोलन राजधानी भोपाल के नीलम पार्क में किया अतिथि विद्वानों का कहना है की जब शिवराज सरकार विपक्ष में थी उस दौरान सीएम शिवराज ने उनके धरना स्थल पर आकर शिक्षकों का साथ देने की बात कही थी लेकिन अब सरकार अपना वादा भूल गई है अतिथि विद्वानों के प्रदर्शन को कर्मचारी मंच का भी समर्थन मिला है कर्मचारी मंच ने कहा यदि अतिथि विद्वानों की मांगों को नहीं माना गया तो आने वाले समय में एक बड़ा आंदोलन होगा जो सरकार को नुकसान पहुँचा सकता है मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच अतिथि विद्वानों के नियमित और निश्चित वेतन देने की मांग का पुरजोर समर्थन कर रहा है और राज्य सरकार को इनकी मांग तत्काल मंजूर करके इनको नियमित नियुक्ति या निश्चित वेतन मान देने का निर्णय लेना चाहिए प्रदेश सरकार इनकी मांगों की उपेक्षा ना करे इतने दिनों से मांगों की उपेक्षा कर रही है उसी का कारण है कि आज अतिथि विद्वान शिक्षक दिवस के दिन काला दिवस मनाकर राज्य सरकार के सामने विरोध प्रदर्शन इस नीलम में भोपाल में कर रहे राजधानी में और यदि अब भी सरकार नहीं चेती मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान नहीं चेहते तो मध्य प्रदेश के अनियमित कर्मचारी नई कर्मचारी शक्ति के साथ राज्य सरकार का विरोध करेंगे हमारी एक ही मांग है जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बोली थी कि नियमितकरण की इतने साल पच्चीस साल हमको अनुभव है पचास से पचपन साल की उम्र है निजी सी की योग्यताएँ पूरी करते हैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे धरना स्थल पर आकर 16 दिसंबर 2019 को बोला था कि आदरणी कमलो कमलनाथ जी इनकी मांग पूर्ण करो नियमितकरण की